आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से क्योंकि अगर आपके पास आयुष्मान का नंबर नहीं है और कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं जिसमें आप अपने आधार के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड निकाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे यहाँ पे आपको लिखना है आयुष्मान कार्ड डाउनलोड पीडीएफ डी ये लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही ये साइट आ चुकी है डाउनलोड आयुष्मान कार्ड बीआईएस लॉगिन बिथ नामी इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप इस तरीके से वेबसाइट पे आ जाएंगे तो इसको आप डेस्कटॉप साइट पे लगा लीजिए लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये आधार इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में आपको देखिए स्कीम इस स्कीम पे सिलेक्ट करना है स्कीम पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन तरह से आप तीन तरीकों के माध्यम से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं तो पी के माध्यम से अगर आपने बनवाया हो तो उसके माध्यम से आप कर लें सी ए के माध्यम से अगर आपने बनवाया हो तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं चलिए दोस्तों हमने पीए पी, ए के माध्यम से बनवाया था तो उस पर हम क्लिक करते हैं स्कीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस देखिए सेलेक्ट स्टेट इस स्टेट को आपको क्लिक करना है अब इस्टेट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप जिस भी स्टेट से हैं अमूम हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है तो चलिए दोस्तों हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं तो दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं चौकोर इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं जनरेट ओ इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा तो आधार पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओ भेजेगा ओ आपको यहाँ पर वेरीफाई करा देना है तो इस वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका अगर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम भी सीरियल नंबर भी और डेट ऑफ एप्लीकेट डेट ऑफ एप्लीकेशन और डाटा सिक्योर एक्शन। तो इस पर आप ये देख सकते हैं साइड पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है डाउनलोड कार्ड तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पी फ़ाइल एक डाउनलोड होकर के आ जाएगी इस पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये पी डी एफ पर आप इसको खोल सकते हैं खोलने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये आपका आधार आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो गया है अब इसको आप अपना पी फ़ाइल पर कहीं पर भी किसी भी लोकवाणी या किसी भी शॉक पर आप निकलवा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद दोस्तों